क्रॉस कर रही है, है, देख सकते हैं हैं आप लोग तस्वीर तो हम चल रहे हैं। आज डिपो के और के अंदर और बीच में बनाया गया है गाजियाबाद में पड़ता है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वर्ग चल रहा है अभी ये देखिए देखिए वो रखे हुए हैं ट्रैक फ्लेव। यहां तो बिल्कुल कंप्लीट ही काम हो चुका है गाई ये देखिए ये ट्रैक फ्लेव है इधर जो पीछे रखे हुए हैं मेरे राइट में ये कुछ दिन पहले ही रो गाइस आपको बता दिया रोड बनाई गई थी और देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कैसे उखड़ गई है और ये बीच में है ये डिवाइडर ये बीच वाला डिवाइडर है लेफ्ट में और राइट में ये रोड बनाई गई है मतलब कि थ्री लाइन की कर दी गई है देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों को केपी संत के चैनल पर इस आरआरटीएस का अपडेट देने के लिए आया हूं मैं जो कि आपका आता है गाइस दोहाई डिपो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में और यहां पर यह गार्ड बैठे हुए हैं और आपको बता दूं ये देखिए इलेक्ट्रिक के खम्भे लगा दिए गए हैं अभी इनके ऊपर ओवर इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है वो भी जल्दी लग जाएगा जब लग जाएगा तब आपको दिखाएंगे ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है आज आपको क्लियर करके ही दिखाएंगे हम क्योंकि तो आप लोग बहुत ज्यादा शिकायतें करते हो अब देख सकते हैं आपको बता दूं कि ये लगाया जा रहा है टीम सेट देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये टीम सेट लगाया गया है देख सकते हैं इसका बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने अगर शुरू से देखना है तो वीडियो जाके देख लेना मैं आई बटन में लिंक की दे दूँगा आप लोगों को और देख सकते हैं ये बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं ये सारे और इन पर ओबर है नहीं लगाया गया है अभी तक और यहाँ पर लग रही हैं लाइटें देख सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज भी है इनका तो यहाँ तीन चार इंटरचेंज बनाए गए हैं देख सकते हैं आप लोग तस्वीर आइए चमक रहे हैं खंबे बिजली के और इनपे ऊबर है डिक्यूमेंट लगा देने के बाद में मैंग और इनपे बिजली की लाइन स्टार्ट कर देंगे डालने तो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आप लोगों को ये देख सकते हैं आप लोग यह है पूरा टीन सेट अब इस पर टीन सेट लगाने का काम किया जा रहा है ये देख सकते हैं ये रखे हुए हैं इसके देख सकते हैं कितना भारी भरकम है और इन पर पेंट भी किया जा रहा है साथ साथ और फिर इन पर लगाया जाएगा टीन सेट ऊपर तो ये नीचे का तो कंप्लीट हो गया देखो वो बाकी बचा हुआ है उधर राइट में मेरे और ऐसे ही होता हुआ है ये हो जाएगा जल्दी क्योंकि यहाँ पर यह स्टेशन बनाया गया है आरआरटीएस का ये स्टेशन है ये देखिए यहां पर यह वर्क चल रहा है और वर्क जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का देख सकते हैं यह वर्क चल रहा है अभी तीन साइड का और यहाँ पर ये लाइटें लगा दी गई हैं ये लाइटें लगा दी गई हैं और इधर पे अभी बर्क चल रहा है तो आपको उतर के दिखाएं क्या उतर के भी दिखाएंगे आगे देख सकते हैं कुछ इस का है ये सारे ये यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होंगी आर आर टी खड़ी होगी और दिखेगी तो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा और आपको बता दूं ये बनाया जा रहा है इनका ऑफिस ये लेफ्ट वाला का ये लेफ्ट वाला ऑफिस है इनका आरआरटीएस का तो यहाँ पर एक गाड़ी देखो ये खड़ी है ट्रेन उसके बाद में फिर इस पर वर्क चलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इसमें अभी बस यही चल रहा है कि इस पर बनाया गया है देखो ये यहाँ पर है ऑफ़िस ये वाला और इधर ये ट्रेने आएंगी जो आरआरटीएस आएगी वो इन पर सफाई वफाई का काम होगा ये देख सकते हैं तस्वीरें है। तो अभी काफ़ी सारा काम है इसमें होने के लिए देखो इस पर टीन शर्ट लगा दिया गया है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है ये देख सकते हैं अभी काम चल रहा है तेज़ी के साथ में गाई और आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिकसिटी है वो देख सकते हैं ये है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकसिटी का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है और इधर आपको बता दूं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया तार पार भी लाइन भी खींच दी गई है इधर की मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए आज क्लियर करके और देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी एस आर के डिपो में गए ये देख सकते हैं ये सारा और आप लोगों को अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा क्लियर करके क्योंकि यहाँ पर बर्फ चल रहा है तेज़ी के साथ में अब पता नहीं ये खड़ी है खड़ी आ रही है ये खड़ी हुई है अभी तो बस यही है नज़ारा और देखो आरआरटीएस वो वहाँ पर खड़ी हुई है बहुत जगह तो चलिए वहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को उतरते हैं और फिर आपको दिखाते हैं तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा ये दोहाई डिपो के अंदर मैं आ चुका हूं और देखिए यहां पर ये सारी लाइन क्लियर हो चुकी है इधर भी देखो बिछ चुकी है उधर भी ये बिछाए जा रहे हैं तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पूरा देखिए ये है कुछ ऐसा दोहाई का डिपो ये देख सकते हैं इस पर लाइन भी खींच दी गई है ये देख सकते हैं पूरा ओवर हेड लगा के इस पर लाइन बिल्कुल खींच दी गई है और वो वहाँ पर खड़ी हुई है आर आर टी एस देखो अभी तेजी के साथ में बहुत सारे खड़े हुए हैं के जो बकर हैं तो है, तो तो और ये लगी हुई हैं लाइटें है। अभी इस पर भी देखो कुछ इस तरीके से ये बिछाई जा रही है लाइन तो आपको आरआरटीएस दिखाते हैं आगे चल के ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं कि कहां पर कितना काम हो रहा है क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से अपडेट नहीं दे पा रहा था इस आर आई की तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लाया हूँ अब पूरी आपको आर भी दिखाता हूँ क्योंकि उस दिन इस पर ट्रैक पर चलाई जा रही थी तो मैं नहीं आ सका तो यही प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं लेकिन अब जो जैसे ही इसका अपडेट आया करेगा वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाया करूंगा गाइस देख सकते हैं अभी अभी अभी तो बहुत काम है इस पर अभी क्योंकि ये सन 2025 में स्टार्ट होगा पूरी तरीके से चलना तो इस वजह से ही क्योंकि ये तेईस में स्टार्ट कर दी जाएगी साहबाबाद से और इससे दोहाई डिपो तक देख सकते हैं तो कुछ इस टाइप का नज़ारा यहाँ पर ये सारी पट्टियाँ यहाँ बिछा दी गई हैं ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट से ही हो चुके हैं बस इन पर गाड़ियाँ भी ये आर आर चलाई भी जा रही है गाइस देख सकते हैं ये है दोहाई का स्टेशन और सुबह के बज भ आठ और देखिए ये लाइन गेयर लगा दी गई है इस पर कहीं कहीं बचे हैं ओवर हेड इक्यूमेंट लगाने के लिए ये देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसा नजारा है यहाँ का दोहाई डिपो का गैस और देखिए ये ट्रैक्टर इस पर भी सारे वो बिल पिल लगे हुए हैं ये देख सकते हैं तस्वीरें ये देखिए गाय कुछ ऐसा होगा ये दोहाई स्टेशन अभी तो यहाँ पर ये लाइन गेरी जा रही है लाइन लगाएंगे अभी इधर भी लाइन लगाई जानी है ये देखिए ओवर हेड लगा दी गया ओवर हेड इक्वमेंट तो लगा दी गया अब इस पर लाइन लगानी बाकी रहेगी जैसे कि इस तरीके से इस पर लगाई जाए देखो ये लगा दी गई है तो अभी काफ़ी प्रोसेसिंग है अभी टाइम है तो अभी पहले से तो काफ़ी आपको बता दूं कि यहाँ पर 80 परसेंट काम हो चुका है इसका आर का अस्सी हो जाने के बाद महंगाई तो बनाते हैं ये ये देखो इस पर चलेगी आर आर ये देखिए आपको आगे तो आर दिखाते हैं अब फिर आप बताना हमें क्योंकि हम चल रहे हैं पटरी पटरी आपको दिखाते हुए बताते हुए देख सकते हैं क्यों अभी काफ़ी प्रोसेसिंग में है काम देख सकते हैं दोनों साइड में ये देखिए ये बॉल लगाई जा रही है साइड बॉल इस पर ये लगाई जा रही है मतलब इसको किया जाएगा पूरी तरीके से क्योंकि ताकि यहाँ पर कोई आ जा ना सके जो आम पब्लिक पब्लिक के लिए था जो बिकनपुर गांव में जाने के लिए वो ये बिकनपुर गाँव में ये पास दे दिया गया है तो अंडर पास देने के बाद में काम स्टार्ट हो जाएगा देखो ये खड़ी आर आर टी ये पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं अभी इस पर बर्फ़ चल रहा है कि इन पर डाले जाएंगे पत्थर जैसे कि इसमें ये देखो इसमें पत्थर डाले जाएंगे ये सारे ठीक है ये देखिए और ये पानी का ही है बनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये आर आर खड़ी हुई है और बरकर देखिए काम करने के लिए जा रहे हैं यह देख सकते हैं अंडर अंडरपास है यहाँ का अंडरपास बनाया गया है ये यह, यहाँ से उस दिन इस पर ट्रायल किया गया था आरआरटीएस का देख सकते हैं आप लोग तस्वीर क्योंकि इसमें पत्थर भरी जाएंगे और यह है आपका अंडरपास देखो वो इधर से चमक रहा है पूरा ठीक है गाई तो ऐसे ही वीडियो से देखने के लिए और के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे तो प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ठीक है गाइक देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का ये देखिए ये सारे वर्कर जा रहे हैं अभी काम हो रहा है उधर टीम सेट का भी काम हो चुका है सारा मतलब कि कंप्लीट सही हो चुका है ठीक है और उसके बाद में इस पर काम चलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको बताते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कहीं ठीक है ना तो आपको देखो हम आ चुके हैं आर के पास फिर आपको दिखाएंगे ठीक है और बताएंगे भी और गार्ड से भी पूछेंगे तो क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे देखते हैं क्या कहते हैं ठीक है ना क्योंकि मैं वहाँ तक ले आया हूँ और फिर आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करूँ तो गार्ड बताएंगे।